लगाओ अपनी बुद्धि और तर्क लगाओ अपना दिमाग और अपनी न्यूज हम कोशिश करेंगे देखो मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ मैं बार बार धरा रही दो मेरा चीजें जो भी करती हूँ गलत भी आ सकता है ठीक है मेरा कोई ऐसा हंड्रेड परसेंट नहीं है बट विल ट्राई और तुम बोलोगे वही जो हमारे बालाजी बुलवाएंगे ले, दो सवाल है आपके मन में कि एक सवाल है कि क्या है ये डायरी में एक पेज में चार प्रश्न लिख के लाई हैं मंगल का संपन्न होगा विवाह लव विवाह योग बना हुआ है बिल्कुल चिंता ना करें दुनिया का को कोई भी शख्स आपके दिमाग में नहीं घुस सकता ये मैं बोल रही हूँ अब आप सोचो बहन कि हमारा हम कितने गहरे तक पहुँच गए जिनके पति का मर्डर हो गया हो राज खुलवाने के लिए आई हो लगातार परेशान हो शत्रुओं से वो दरबार में आ जाए आप मेरे को क्यों चैलेंज कर रहे हो यारी आई डी जांच की मांग लेकर के आई हैं रहस्य खुलेगा मनप्रीत निकलेगा चिंता मत करो आशीर्वाद वो एक कला है मैं एक कलाकार हूँ मैं जो कला मैं एक कलाकार हूँ मैं एक मेंटलिस्ट हूँ मैं एक जादूगर हूँ मैं एक मजिशियन हूँ और मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ आप झूठ बोल रहे हैं आप एक काम करो आप एक सवाल पे आ जाओ सर दो सवाल एक साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बालाजी के चरणों में जो हमारे पास चार आदेश आए हैं आरती नाम की माताजी की पहली अर्जी स्वीकार हुई है जो माताजी सफेद रंग का स्टॉल सूट आदि पहने हुए डी के जस्ट पीछे बैठी हुई होगी सिर पर स्टॉल लगाए होंगे सफेद स्टॉल है क्या हा हा हाँ आ जाइए आ जाइए यू कम हियर इसके बाद दूसरी आज्ञा संजीव संजीव नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है टी शर्ट पहने हुए है तंबाकू जैसे कलर की टी शर्ट पहने हुए होगा यस ये ये ये भाई साहब संजीव हो टी शर्ट है यू कम है आ, बाहर से एक बालक की अर्जी स्वीकार हुई विजय ये पंडाल के बाहर सफेद रंग के वस्त्र में होना चाहिए ये मीडिया वाले पैमान बेजमीर जमीर फरोश उनके सामने जाकर नतमस्तक होकर कहते शास्त्री जी आप तो महान कई जनों को मिर्ची लग रही है कहीं ये कहीं वो और तो कुछ मिलती नहीं है ऐसे ही झूठा ही मूट को सोना बिल्कुल ये अद्भुकता है और तो उनको डर है इसलिए आए दिन वो एक ना एक वीडियो कहीं ये कहीं वो औद में खड़े हो गए कैसे सबकी पोले खुल रही सबको है दिमाग खराब पूरे भारत में जो धर्म विरोधी हैं जो राम विरोधी हैं उनको डर है कि कहीं बागेश्वर धाम की कृपा ऐसे ही फैलत नहीं तो बहुत जल्दी पूरा विश्व राम से जुड़ जाएगा आगे बढ़ लेते हैं ये तो चलता रहेगा इन लोगों को कुछ काम भी मिल जाएगा क्योंकि इन्हें टीआरपी चाहिए इन्हें ना तो श्रद्धा से मतलब है ना चमत्कार से मतलब है ना कृपा से मतलब है इन्हें टी से मतलब है शास्त्री जी को बताओ श्रीमद भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें कहा गया है कि ईश्वर के विधि को कोई नहीं जान सकता और आपके लिए यह अद्भुतता का विषय है कि ऐसा कैसे यह भी पक्का है कि ना सुधरना भी नहीं है पति का रहस्य जानने आई हैं, मर्डर हुआ है बाद में उसको अपनी मौत बता दी है घुमा दिया है शत्रु घूम रहे हैं और आपके शरीर पर भी दिक्कत की गई है आपको प्रेशर बनाया गया है आपने संकल्प लिया है कि जब तक रहस्य नहीं खुलेगा सीआईडी जांच नहीं होगी तब तक हम अपने बालों को नहीं धोएंगे रहस्य खुलेगा मनप्रीत निकलेगा चिंता मत करो आशीर्वाद मेहनत करके विज्ञान है उस कला को सीखा जा सकता है लेकिन उस कला का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना जय जय श्री राम आप जब वैद्य पढ़ते हैं आप जब मनुस्मृति पढ़ते हैं रामायण पढ़ के लोगों को समझाएंगे वो अच्छा लगेगा ये देश को बांटने की देश को तोड़ने की बात मत करो और अंधविश्वासी वाली बात मत करो अगर है आप में दम बताओ मेरे फ्यूचर में क्या लिखा मैं आपसे सवाल करता हूं और मैं कहता हूं आपको दो टोक टोको में यू आर नॉट एबल टू गिव मी माय क्वेश्चन आंसर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते धाम पर आना धाम पर एक कई स्पेशी लगती हैं उनसे पूछ लेना बड़ी गंभीरता से आना ये तो नहीं भाई सगे बाप के ये भी पक्का है कि न सुधरना भी नहीं है अगर है आपके अंदर दिल और आपका जमीर जिंदा तो बताओ इतना कि कोई परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लो को जागर कोई काम अच्छा करते हो तो शुरू करो उससे हमें कवच देना है बालक को झाड़ा लगाना है आपको अभी भूति लेनी है वहाँ से मंत्र का जाप करना है में को समय बर्बाद करे अपनी सेवा में समय बर्बाद करे जिसके लिए हमें बालाजी ने भेजा है का तुम लोग ने भेजो और कहते हो कि हमने चमत्कार कर दिया हमने चमत्कार कर दिया ये मेरा चैलेंज है आपको अगर आप यकीनन चमत्कारी बाबा है बताइए मेरे कितने भाई बहन बताइए मेरे अब्बा का क्या नाम बताइए मेरी अम्मी का क्या नाम मेरी दादी का नाम बता दीजिए बस मेरे दादा दादी का नाम बता दीजिए मैं आपके मजहब को मैं आपके सनातन धर्म को आपके हाथों पर बैठ कबूल करने के लिए तैयार धाम पर आना धाम पर एक लगती हैं, उनसे पूछ लेना बड़ी गंभीरता से आना। बताइए आप। नहीं बता जय जय श्री हमने बहुत आजकल बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी नहीं है बहुत सारे लोग हैं हमारे बहुत सारे रिलीजन में बहुत सारे लोग हैं, जो ऐसी चीजें करते हैं जो उनके खुद के धर्म की रक्षा करते हैं सब कुछ मुझे उसमें वो मेरा टॉपिक ही नहीं है वो मेरा वो मेरा जगह ही नहीं है जो इंटरेस्टिंग जगह पे आती है जब कोई बोलता है कि हम माइंड रीड कर रहे हैं, वहाँ पर आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पर भी है संस्कार टीवी पे कोई बता सकता है बोलो बोलो वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना क्या बता सकते हो अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए आपके चाचा का नाम भगुनाथ तिवारी जी, मेरे चाचा का नाम भगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट ली है तो नहीं ढकेगा अगर तुमने बताया हो गुरु जी मैं तीन दिन से बल्कि सच्चाई को ए न्यूज में दिखा रहा हूँ मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का, का काम नहीं किया है मैं यहीं से आपके दरबार से जनता क्या तुम्हारे भाई का नाम राघविंद तिवारी है जी गुरु गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं कह रहा हूं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं मैं देख रहा हूं ये चमत्कार नहीं है क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है जी गृह प्रवेश किया है दो दिन क्या पहले। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभी सी है? जी गुरु जी आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना वरना नंगा कर दिया जाएगा हम हनुमान जी के सेवक हैं ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को खाया है जो भ्रम फैला रहे आज के बाद भ्रम बंद कर देना और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे न सफाई देंगे ये शपथ गद्दी से खा रहे पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हां तो नहीं बोल रहे जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं तीन दिन से सच्चाई का पता लगा रहा था और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव ये लाइव दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो कहा है मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था अपनी जीवनी नहीं बताया था जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं ये कोई अंधविश्वास नहीं है मैं फिर कह रहा हूं बाबा बागेश्वर धाम की जय एक प्रश्न पूछ लीजिए लास्ट पूछिए मैं पूछू हा मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं तीन दिन से लगातार कोशिश कर रहा था मैं इसी मीडिया में इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें आशीर्वाद है और रुकिए एक ये रखा है और आपका एक और रखा है हम गुरु हैं ऊंची गोटी खेलते हैं कच्ची गोटी नहीं खोली हो इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं सिर्फ तुम्हें और हमें पता है वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें और ये धमकी नहीं है सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे एक ये आएंगे ये भाव से बैठे हैं बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा <laughs> और ये हम पहले से गोटी रखे थे इस गोटी को भी हम मारेंगे एक पर्चा ले सकते हो आज चूंकि हमें हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी तो हमारे गुरुजी ने सुबह साढ़े सात बजे कह दिया था बेटा जाओ झंडा गाड़ कराओगे सनातन का